हेलो दोस्तों आज हम आपको सिखाएंगे वीडियो अपलोड कैसे करें वीडियो अपलोड करने का सही तरीका जिससे आपकी हर वीडियो वायरल हो जाएगी उस पर बहुत सारे व्यूज सब्सक्राइबर आने लगेंगे वीडियो वायरल करने का ट्रैक चलो हम शुरू करते हैं हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले आपको यूट्यूब खोलना है मैं अपना यूट्यूब खोल लेता हूँ मैंने यूट्यूब खोल लिया है अब आपको इस वीडियो वाले आइकन पर क्लिक करना है मैं क्लिक कर लिया है अब आपको कोई वीडियो लेनी है जैसे कि वीडियो मैं ये ले लेता हूँ मैंने ये वीडियो ले लिया है अब आपको टाइटल लानना है तो हम इसका ट्रिक बताएँगे ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाले हैं इसके टाइटल का तो आप पहले उस पर जाएं, उस पर क्रोम ब्राउजर पर जाएं, हम क्रोम ब्राउजर पर जा रहे हैं क्रोम ब्राउजर पर जाने के बाद यहाँ पर यूटूब खोलें मेरा यूट्यूब खुल गया है हम चलो यूट्यूब खोल लेते हैं यूटूब खुल गया मेरा यहाँ पर आप जैसी वीडियो अपलोड करना चाहते हैं वही सर्च करें जैसे मैं करना चाह रहा हूँ यूटूब पर यूटूब पर वीडियो अपलोड कैसे करें आ गया ये अब आपको ये पहला वाला टच करना है मैंने टच कर लिया है मैं टच टच कर लिया मैंने अब आपको ये टाइटल है ऊपर आपको टाइटल दिख रहा था टाइटल है इसको आपको कॉपी करना है इसको धरे लेना है और इसको कॉपी कर लेना है मैंने कॉपी कर लिया है कॉपी कर रहा हूँ मैंने कॉपी कर लिया है अब इसको टाइटल में डाल लेना है टाइटल में मैंने ये डाल दिया अब आप अब क्या रह गया आपका डिस्क्रिप्शन रह गया अब इसी में से डिस्क्रिप्शन ढूंढना है तो आपको यहाँ पर मोर पे कर देना है तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा ये आपका पहला वाला यहाँ से इसको बुकल, इसको कॉपी कर लें हम कॉपी कर ले रहे हैं कॉपी हो गया हमारा हमने कॉपी कर लिया यहाँ पर ट्रेड कर दें टेस्ट कर दें अब इसको अनलिस्ट कर रखें अभी अनलिस्ट कर रखें अब इसको यहाँ से वो कर दें वायरल कर दें आगे बढ़ा दें हमारा अपलोड होना शुरू हो गया है अब हम आपको बताएंगे आगे क्या करना है हमारा वीडियो अपलोड हो रहा है वीडियो अपलोड हो गया हम आपको बताएंगे आगे क्या करना है आपको वीडियो अपलोड हो गया अब आपको इस पर क्लिक करना है आपको वीडियो पटाना है हम वीडियो पर आ गए हैं और एडिट एडवांस सेटिंग स्टूडियो पर क्लिक करना है हमें इस पर स्टूडियो पर आ गए अपने स्टूडियो पर आने के बाद आप अब क्या करें इसको अनलिस्ट कर दें अनलिस्टेड इसको पब्लिक कर दें पब्लिक हो गया है अब यहाँ पर दे रहा है इंश्योरेंस इसको नो किड्स मतलब तो बच्चे नहीं देख सकते वीडियो हमारी बच्चों के लिए रहेंगे वीडियो इसको कर दें अब ये टैक्स का टैक्सी मेन बात है इस वीडियो की जिससे आप टैक्स से अपनी वीडियो वायरल होती है टैक्स अगर कोई सर्च करेगा तो उस पर टैक्स के ज़रिए से आपकी वीडियो आएगी तो आप टैक्स का ट्रैक हम एक बार में बताते हैं अगर टैक्स आपको नहीं लगाना आता है तो कैसे लगाएँ टैक्स आपको कैसे लगाना है टैक्स को आपको जाना है एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है ये है टैक्स फॉर वीडियो तो आपको कोई भी वीडियो हो तो उस ऐसी ये वीडियो मान लीजिए ये वीडियो है तो इसको हम इसके टैक्स लगाना चाहते हैं तो इसके टैक्स कैसे निकालें मैंने यहाँ पर आएँ ये आइकन मिल डॉट का इस वीडियो का तो इस पर आएँ तो और इस यहाँ पर दे रहा हुआ यहाँ पर नहीं दे रहा है यहाँ पर नहीं दे रहा है हम यूट्यूब में जाते हैं हम यूट्यूब में पहुँच गए यूट्यूब में जाने के बाद आप यहाँ पर सर्च करें वीडियो अपलोड कैसे करें अब इसको शेयर करें शेयर पर करने के बाद कॉपी पर इसका लिंक कॉपी कर लें कापी करने के बाद हम इस ऐप में आते हैं हम इस ऐप में आ गए हैं ये पिक्चर चलना शुरू हो गया यहाँ पर इस वीडियो का लिंक डालें और सर्च करें सर्च कर दें सर्च लग अभी इस वीडियो पे सारे टैग आ गए हैं और इन सारे टैग को आप कॉपी करना है अब हम जाकर इनको स्टूडियो में जाकर इसको सारे के सारे टैग एक बार में लगा सकते हैं सारे सारे टैग आ गए हैं इसके लिए आपको यहाँ पर देखना होगा वीडियो यूटूब तो इसको कट करना होगा भाई ये सारे टैग आ गए हैं अब टैग आपके लग गए हैं एक बार में आप वीडियो सेव कर दें हमारे टैग लग चुके हैं आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो आपको ऐसी वीडियो चा, और चाहने के लिए तो आप सब्सक्राइब करें लाइक करें हमारी वीडियो को आज के लिए बस इतना ही